तो आओ यार गुरुजी को करते हैं प्रणाम और शुरू करते हैं बक्चौदी का धंधा तो आप सबके मन में आने वाले कुछ सवाल जो वीडियो देखकर आएंगे ही क्या ये लोग इंसान हैं नहीं क्या ये लोग जानवर हैं नहीं तो क्या ये लोग अर्थ से हैं नहीं तो बहन कौन है ये वेल मैं भी जानना चाहता हूँ कौन है ये मंगल ग्रह से जुपिटर तक किसी भी प्रग्रह पर इनकी प्रजाति की पहचान नहीं मिली है और सुनो और देखो मेरे इतने करीब मत आओ, मैं मैं तुम्हें बर्बाद बर्बाद कर दूंगी। मैं होना रहना ही नहीं है यहाँ ये इंसान ईंट से पत्थर की जगह ईंट बजा रहा है और ये बताओ ये कौन से देश का प्राणी है ये कौन से देश का प्राणी है अफ्रीकन बाल और ऊपर से ये किस जगह हाथ रख रहा है वहां पे तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला काली नेपाल और काली परछाई के अलावा हाँ और इस इंसान की एक बात बताऊँ ये इंसान को बचपन से बॉयज़ हॉस्टल और स्कूल में रखा गया इसलिए इसलिए इसको लगता है कि दुनिया में लड़की नाम की प्रजाति ही नहीं है और इसको विश्वास भी होगा कि अपनी किस्मत में लड़की है ही नहीं है तो इसने क्या सोचा नवाजी सिद्धुकी की कराए कि मेरे को बचपन से कुछ डेरिंग करने का था तो मैं चलो छोरे की ही लूँगा हम ईट से ईट बजाएँगे वाह हैं और ये ये कौन सी गुड़िया के बाल हैं ये कौन सी गुड़िया के बाल चुरा कर लाइए एक्सप्रेशन तो देखो तो उससे ज्यादा अच्छा तो कोई घता कर लेगा और तुम तुम लोग मानो या ना मान लो बैकग्राउंड में जो ट्यून है वो बिल्कुल सही चल रही है बर्बाद तो हो नहीं है किस कर रहा है और यह कैमरा मैन कतई मतलब गू खाना साल घुस ही जा रहा है घुस ही जा रहा है उसमें नहीं पहन चो उसके अंदर तक चला जाना उसका स्कैन कर दे पूरा उसने क्या पहना है सब कुछ दिखा दे अंदर से लेके भारत तक नहीं और इनके इनके माँ बाप को अगर कोई जानता है तो मेरी गुजारिश है उनको बुलाओ इनको सख्त इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है हाँ बहन झंड जिंदगी में, में यही देखना तो बाकी था एक बंदा एक बंदा और दूसरे बंदे से लड़ रहा है इस बात पे कि उसने उसकी चॉकलेट क्यों खा ली और दो बंदे कतई मतलब स्टड बनने के लिए आ रहे हैं और उससे भी ज्यादा हरकत तो देखो उनकी वो आ रहे बचाने के लिए और उसको जिस तरीके से ये झाड़ूदार ये झाड़ू दाल बार रखने वाला मार रहा है ना आए हाय कतई मतलब हक के रखा है इसने जब भी इसके घर में जंगला साफ करना होता ना तो इसको ही इसके डैड और मॉम यूज़ करते होंगे कि बेटा हमारे घर में तू झाड़ू है तू ही है सब कुछ तेरे को ही हम यूज़ करेंगे ये वही वाली प्रजातियों में से है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो और उसके बाद और उसके बाद इसकी अल्ट्रामैक्स वाली हरकत अल्ट्रामैक्स प्रो बक्चौदी से भी ऊपर का लेवल लेकर आया ये बंदा नहीं ये लोग एक एक मतलब सत्मोला की एक-एक गोली के पीछे लड़ते है एक एक गोली के पीछे नहीं भेंचो, क्या, क्या चाहते हो तुम लोग रहम करो कुछ तो रहम करो या झाड़ू दर बाल मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट को ना इस पर भी ध्यान देना चाहिए आजकल के नब्बा नब्बी से लेके सब कुछ ये कलरफुल डिजाइनदार चीजों को रख के कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो ये आ गए निब्बा निब्बी हाँ डोरीमोन के बेमोकॉप्टर और सुपरमैन की तरह लाल कलर के कपड़े डालने के बाद पीछे ये लोग खुद को तीस मार्कान समझते हैं और ये देखो ये देखो इसी एज में ये प्यार कर रहे हैं नहीं नहीं जिंदगी की स्ट्रॉबेरी दुनिया में लॉलीपॉप चूसने की जगह ये चुसान को डोल रहा है आजकल चौदह साल के बच्चों को भी बर्चिनिटी लॉस करने की बड़ी चुल है बेटा उग तो जाओ पहले अपना ही वजन संभाल लो दूसरे का तो क्या ही संभालोगे तुम और ये चुलबुल गांड के अंदर फूटे ज्वालामुखी चले ये स्टडी पर ध्यान दो कुछ आई एस बनो मुन्ना भाई तुम्हारे पैसे समझा चुके हैं झलता नहीं, तो नहीं, भी, भी नहीं है वो दूसरे का उठाने की कोशिश में फेला गया नहीं तुम जो तुम एक बात सोच के रखना की इसके बाद ये जैसे घर पहुंचा होगा ना तो इसकी वो फिल्म बनी होगी जिसको इसने कभी देखा भी नहीं होगा नहीं मतलब ब्लू फिल्म क्या कुछ नहीं है बहुत तगड़ी इसकी फिल्म बनी होगी मैं बता रहा हूँ निकलवा कर देख लो अरे इन पर दो नहीं उठाई जाती ये इतना वजन कैसे उठाएंगे बेचारे और हाँ यार एक बात देखो एक होता है उड़ता हुआ तीन लेना इसने उड़ता हुआ तीन ये तो तिर के आगे आके खड़ा हो गया कि मैं तिर को कहीं जान नहीं दूंगा तुम कितनी भी कोशिश कर लो निशाना मेरे ऊपर लगाओ कौन है ये लोग कहा से आते नहीं इनको तुरंत इलाज की जरूरत है और मुझे मुझे ताजुब इस बात का है कि इनके वीडियोस पे व्यूज लाइक्स और कमेंट नहीं भैनचू मैं जा रहा हूं मरने मुरली मुरली मेरे लिए जहलला जहलला मेरे को मरना है आज नहीं अगर तुमसे कोई वीडियोस के बारे में पूछो ना तो बता देना अपना भाई सभी में जाके मरा है नहीं ये पार्क का गेट ये पार्क का गेट खोलने की वीडियो बना रहा है और उस पर इतने व्यूज वाह नहीं भैनचो पांच साल के बच्चे ना अब तो वो भी पेड़ चढ़ना पेड़ पर चढ़ना सीख जाते हैं बंदर से जाता फुर्ती बोले अपने अंदर और ये, ये बंदा पार्क का गेट खोलना सिखा रहा है अभी और इस पर देखो इस कमेंट देखो नहीं बहन चो अपनी जिंदगी झंडा इस हिसाब से ऐसा कौन होता है और ये नहीं यार में। ऐसे लोग कहा से आते हैं मतलब तुम लोग इस चीज पर बना रहे हो और बंदे को देखो तो इस कमेंट में कलर मतलब गेट का कलर चेंज हो गया तो प्रोसेस चेंज हो जाएगी वाहन चो क्या बात है अखंड मतलब अखंड आई क्यू है इनका मैं बता ही नहीं सकता मेरा अंदर क्या चल रहा है अरे ये कौन सी सर्विस है मुझे भी चाहिए नहीं माल फूके चूतिया जिय भी बेच रहे हैं और इसके ऊपर ऊपर से गारंटी वारंटी सब है और कई हरामी कई हरामी इसकी लिंक मांगने वाले मैं बता रहा हूँ मुझे ज़िंदगी जीनी नहीं है ऐ मुरली तू जहल लेके अरे जिंदगी बर्बाद बहन चोद तो यार आज के लिए बस मेरा बख्शोदी का गूकर जाने वाला है है ना और तुम नहीं चाहोगे तुम्हारा भाई अभी की अभी हॉस्पिटल पहुँचे सुनो तो इसलिए लाइक करो शेयर करो अगर वीडियो पसंद आई है और सब्सक्राइब भाई सब्सक्राइब करके जाओ मेरे चैनल को तुम मैं से कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से देख रहा हूँ मैं मेरे सब्सक्राइब करो यार कम से कम है कुछ तो तरस खाओ भाई पे भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे तुम एक बटन दबा नहीं सकते और हाँ वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में और भाई कुछ नहीं है बस मजे लो ए मुरली चले चल चल बाजार चल ये सामान लाने का मेरे को